तेरे okay. ओके। मेरे को इस बार रिक्स, okay. तो रिक्स लेने का ही नहीं है बिल्कुल रिक्स नहीं है कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। आराम। इतना अंधेरा क्यों है? को नहीं अंधेर रखिए अपना तो। दायरे में रहो का जाऊ में मैं जोगिंदर जो खराब भाई जोगिंदर पवान्डर आएगा पवान्डर नजर ना लगे तुझे पथरी वाली नहीं बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का ओके, मजा आएगा ना भिड़ो नहीं ना भाई नशे सब क्या ये, देखना पड़ रहा है? ये कौन सा अंधा हो गया हमारे यहाँ ऐसा ही होता है करो जाके कौन हरामी है कौन नहीं। ऐसे ज्यादा नहीं हो गई मतलब कुछ भी ठोक महाकाल सब लीजिए